हेलो स्टूडेंट आज क्लास नाइन के टर्म वन के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे टर्म वन एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसा सारे चैप्टर्स के नाम का डिस्कस करेंगे तो आप लोग फटाफट अपना बुक में टेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोग को टर्म वन के एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो सिलेक्टेड चैप्टर से ही तैयारी की जाए ताकि एक बेस्ट तैयारी हो तो फटाफट आप लोग टिकआउट कीजिएगा हिंदी ए में इसमें जो पी डी एफ आपको दिख रहा है वीडियो में वीडियो का जो लेफ्ट साइड चैप्टर के नाम है वे साइड टर्म वन के एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं ये राइट साइड है वो टर्न टू के लिए इस पर अभी ध्यान में दीजिए अभी सिर्फ लेफ्ट साइड के चैप्टर पर ध्यान दीजिए आप लोग देखिए सबसे पहला नंबर में क्या है प्रेमचंद दो कथा राहुल संकृत्यायन ला की और जाविर हुसैन शाह सपनों की याद कविर शाकिया शब्द निर्माण ये सब व्याकरण के पाठ है आपको कोई भी व्याकरण बुक उठा के ये सारे कंटेंट को सर्च करके अच्छे से ये इस चैप्टर के सिर्फ ये सब रिलेटेड कंटेंट ही पढ़िए ताकि आप लोगों को तैयारी बेस्ट तरीके से हो पाए लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव सिक्स नंबर का है लेकिन सेवन नंबर में प्रसाद नये नए का क्रिया पर प्रभाव ये व्याकरण में कोई भी एक अच्छा व्याकरण का बुक में आपको मिल जाएगा इसका कंटेंट आप पढ़िए आठ नंबर में है, है विशेषण नौ नंबर में वाक्य रचना एवं वाक्य रचना सरल एवं संयुक्त दोनों वाक्य दो प्रकार के जो वाक्य होते हैं सरल वाक्य संयुक्त वाक्य दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दस नंबर में मुहावरे ग्यारह नंबर में पर्यावरचित एवं श्रुति समक शब्द और बारह नवे में विद्धांश फिर देखिए इसमें जो सेकंड हिंदी का बुक है इसमें यशपाल दुखाधिकार बचेन्द्री पाल एवरेस्ट मई शिखर यात्रा अब कैसे रोटे राम रटलागी इसमें व्याकरण का पाठ दिया हुआ वन विचेद वर्तनी रिन्न रूप बिंदु अर्थचंद्राकार नुक्ता, मुहावरा विरोम शब्द उपसर्ग प्रत्यय अन्यकार्ति शब्द प्रियावची शब्द और रचना अम ध्यांश अंग्रेजी में जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है टिक आउट कर लीजिए द फन दैड द रोड नॉट टेकन द साउंड ऑफ म्यूजिकल्ला खान वाइंड सुब्रहणिया भारती द लिटिल गर्ल रेन ऑन द रूप टाइम एंड टेंस ये ग्रामर का कंटेंट है ये ग्रामर का पार्ट है आप ग्रामर में इसको खोज के तैयारी कीजिए मॉडल्स मॉडल्स भर में इसका तैयारी कीजिए ग्रामर में मिल जाएगा आपको द लॉस्ट चाइल्ड ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो बेटर माइनर्स एक्टिव ये ग्रामर का पार्ट है आपको ग्रामर बुक में मिल जाएगा आसानी से एक्टिव पैसिव पैसि बनाने का इसका कुछ नियम होगा आप नियम पढ़िए आसानी से एक्टिव पैसिव बन जाएगा और पैसेज भी इसका पैसेज भी का भी प्रैक्टिस कीजिए संस्कृत का ये सब है आप लोग टिक आउट करिए संस्कृत का के बाद है गणित गणित के चोट्र में देखिए सबसे पहला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसको हिंदी में बोलते हैं पोलिनमियल मतलब बहुपद कोर जियामेट्री मतलब इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चर वाले रेखे समीकरण लाइंस एंड एंगल्स कौन और रेखा और कौन ट्रैंगल त्रिभुज ये सारे चैप्टर गणित से पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो विज्ञान के भौतिक पार्ट है भौतिक पार्ट में से तीन क्वेश्चन चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे गति बल तथा गति के नियम तीसरा गुरुत्वाकर्षण और जो विज्ञान में रसायन पार्ट है उससे दो क्वेश्चन से सवाल पूछे जाएंगे हमारे आसपास के पदार्थों परमाणु एवं अनु परमाणु एवं अनु जो है उससे आधा चैप्टर से ही टर्म वन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आधा बच्चेगा उससे टन टू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जीव विज्ञान है उसमें से दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला जीवन की मौलिक इकाई दूसरा उत्तक इतिहास में दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला फ्रांसीसी क्रांति दूसरा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति भूगोल से तीन चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे पहला भारत आकार और स्थिति दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप तीसरा अफवाह नागरिक शास्त्र से, से दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछ जाएंगे पहला नॉवल लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों दूसरा संविधान निर्माण इकोनॉमिक्स से दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पालमपुर गांव की कहानी दूसरा संसाधन के रूप में लोग इसे अकाउंटेंसी के बारे में देख लीजिएगा आपको और ये जो वीडियो डी एफ आप लोग दिख रहा है पी डी एफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा आपको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा